एक सिटी एक लिमोजिन गाड़ी आके रुकी आके रुकी और एक मजदूर उसमें काम कर रहा था और का दरवाजा खुला तो उसने बोला स्टीव, स्टीव, तुम अंदर आ जाओ। स्टीव अंदर आया, तो अंदर था जॉन जो उस कंपनी का प्रेसिडेंट था तो, तो मजदूरी का काम कर रहा था ईट उठा रहा था देखा जॉन ने स्टीव को लिमोजिन में बैठा लिया अंदर उसने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई जूस पिलाया टावल से उसका चेहरा वगैरा साफ किया आधे घंटे की दोनों के डिस्कशन में दोनों दोस्त थे अब से दरवाजा खुला आधे घंटे के बाद उतरा स्टीव स्टीव अपने फिर से ईट में लग गया काम में लग गया और क्या कहते हैं जॉन की वहां से निकल गई। अब स्टीव के दोस्तों को बड़ा आश्चर्य ने बोला, यार, दोस्त उसने बोला हाँ मेरा दोस्त है हम पच्चीस साल पहले एक ही कंपनी में काम करते थे उसने बोला एक ही कंपनी में काम करते थे वो कहा पच्चीस साल पहले कंपनी के लिए काम करता था और मैं एक घंटे में दो रुपए कमाने के लिए काम करता था मैं ये सोचता था कि मुझे इस घंटे में 200 कैसे आएंगे और वो सोचता था कि मैं बड़ा आदमी दोनों की थिंकिंग में जमीन और आसमान कर आज वो लिमोजन में है, मैं आज भी मजदूर मैं आपके एक्साम्पल दूंगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये सच्ची घटना है सिविल सर्विस से दो लोग रिटायर हुए सिविल सर्विस से वॉल्टरी रिटायरमेंट ली दो लोगों ने और एक व्यक्ति ने रिटायरमेंट लेने के बाद अपना बिजनेस सेटअप किया और उसका बिजनेस मेहनत करी उसने चल पड़ा और वो कम से कम दो सौ करोड़ का टर्न करने वाली कंपनी बन गई कंपनी का नाम बताता हूं और एक दिन अचानक उसके पास इंटरव्यू के लिए एक आदमी आया, जो कि सिविल सर्विस सर्व उस और उसने उसको पहचान लिया उसने बोला अरे अरे तू कैसे तो उसने बोला मैं तो जॉब कर रहा था कहीं और अब वहां से तो मामला गड़बड़ हो गया तो मैं भी इंटरव्यू दे रहा हूं तो उसने बोला हम तो एक, एक साथ सिविल सर्विस में थे उसने बोला हाँ, हाँ, यार एक साथ ही यारिविल सर्विस में थे तो उसने उसको नौकरी पर रख लिया महीना दो महीने की नौकरी निकल गई दो महीने के बाद जब सब चले गए उससे कहा तुमको याद है हम पच्चीस साल पहले एक साथ थे उसने बोला हाँ, मुझे याद उसने कहा तुम्हें पता है कि तुम भी दो हजार रुपये महीना कमाते थे और मैं भी दो महीना कमाता था उसने बोला हाँ मुझे पता है उसने बोला तब तुम भी नौकर थे आज मैं तब मैं भी नौकर था उसने बोला हाँ मुझे नौकर थे उसने बोला लेकिन आज तुम इस कंपनी के मालिक हो और मैं नौकर कितने लकी हो यारे यार। में बात करना नहीं चाहता था लेकिन तुमने छेड़ दी तो आज सुन लिशन भी केयरफुल उसने बोला पच्चीस साल पहले हम दोनों एक ही जगह काम करते राइट उसने बोला राइट उसने बोला हम दोनों ही दो रुपए कमाते थे तब भी नौकर था और आज भी नौकर है राइट उसने बोला बोला मैं तेरे को 25 साल पहले के इंसिडेंट सुनाता हूँ तू और मैं ऑफिस से निकले घर जाने के लिए तुझे याद होगा रास्ते में जब हम एक डेढ़ किलोमीटर पैदल पैदल चले आ गए क्योंकि वहीं हमारा मेस था जहाँ हम जा रहे थे और 25 जब एक डेढ़ किलोमीटर दो किलोमीटर चल गए तो मेरे दिमाग में अचानक आया और मैंने तेरे को कहा हमारे कमरे का पंखा और लाइट जलता छोड़ाया तो चल के उसको बंद कर तो तूने मुझे कहा दो किलोमीटर वापस जाएंगे दो किलोमीटर फिर आएंगे चार किलोमीटर लग जाएगा डेढ़ घंटा लग जाएगा क्या फर्क पड़ता है तू नहीं गया था मैं गया था लाइट बंद करके आया था मैं तब भी मालिक था मैं आज भी मालिक था, था। मैं तब भी मालिक समझता था अपने आप को कर में नौकरी रहा था लेकिन मैं अपने आप को ओनर समझता था और मैं आज भी ओनर हूं उसने बोला जो तेरा फिलोसफी और जो तेरा थिंकिंग है तो तब भी इम्प्लॉय था और आज भी इंप्लॉय है और अगर अपना तूने थिंकिंग चेंज नहीं किया तो जिंदगी भर इंप्लॉय ही रहने वाला है